हेलो दोस्तों संविधान सभा से चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं सत्ताईसवा नंबर भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था संविधान सभा ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए उन्नीस सौ छियालीस में भारत भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई नौ दिसंबर १९४६ संविधान सभा द्वारा प्रथम अधिवेशन कहा हुआ सॉरी सॉरी डी डी ऑप्शन दिल्ली संविधान सभा के उदघाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दानंद सिन्हा संविधान सभा का पहला सूत्र 26 जनवरी उन्नीस को संविधान सभा के अस्थाई, स, अस, अस्थाई अध्यक्ष थे ंद सिन्हा चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 ग्यार, दिसंबर उन्नीस को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था दा... डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे पिनेगल नरसिंह राव डी ऑप्शन संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था ऑप्शन संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु तो संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की थी सी ऑप्शन तेरह संविधान सभा के मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई 19 अगस्त 1947 सी ऑप्शन भारतीय संविधान संविधान सभा की प्रारूप मसुदा समिति के अध्यक्ष थे सी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप मसुविधा समिति में सदस्यों की कि संख्या कितनी थी बी ऑप्शन सात चलिए आगे दे, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप मसविदा समिति का, का सदस्य नहीं था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए सहमति डी ऑप्शन सहमति और समायोजना संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान को अपनाया गया ए ऑप्शन संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 थैंक यू दोस्तों